दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा फ़ाइंड माई फ़ोन एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों फाइंड माई फ़ोन एप्लीकेशन आप जब भी इंस्टॉल करोगे और इसका जो मेन मेन ऑप्शन क्या है दोस्तों कि अगर आपका फ़ोन खो जाए कहीं गुम हो जाए तो उसमें जो आपका डाटा होता है अगर आप उसे डिलीट करना चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं और उसकी लोकेशन भी इसमें देख सकते हैं दोस्तों प्ले स्टोर से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और ओपन कर लेना है प्ले स्टोर से नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है दोस्तों आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर देते हैं जैसे ही आप डाउनलोड करोगे इसे ओपन करोगे तो ये मेरी आईडी लगी हुई इसे मैंने हाइड कर दिया आपकी अगर आईडी नहीं लगी होगी तो साइन इन और गेस्ट पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपनी आई डी करेंगे और कॉन्टिन्यू एस लॉप क्लिक करेंगे तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कॉन्टिन्यू एस लॉप क्लिक कर दिया ये मेरी आई है अगर मैं दूसरी आई लगाना चाहूँ तो वो भी यहाँ से लगा सकता हूँ उसके बाद जैसे ही आप अपनी आई इसमें लगा दोगे और कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो एक पासवर्ड मांगेगा जैसे मैंने नई आईडी लगाई उसके लिए पासवर्ड मांगे जो मेरी आईडी का है आप पासवर्ड डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये कुछ परमिशन मांगेगा आपको एक्सेप्ट करनी होगी तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने अपनी आईडी लगाई और रेडमी नाइन पावर यानी मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो इतनी है और सिम जो है एयरटेल है दोनों में और उसके बाद जितनी भी मेरी आई खुली हुई है वो एक दो तीन मोबाइल में मेरी आईडी ओपन है तो ऐसे ही आपकी जो आईडी डी बताएगा दोस्तों जिस जिस मोबाइल में आपकी आईडी ओपन हो गई वही बताएगा और अगर आप चाहते हैं कि उस मोबाइल से मैं अपनी आईडी या वो डाटा डिलीट करना चाहता हूं तो आप यहां से नीचे तीसरा ऑप्शन दिया है इरेस डिवाइस इस पर क्लिक करेंगे तो जिस भी मोबाइल का आप डाटा क्लियर करना चाहेंगे डिलीट करना चाहेंगे उसका आप क्लियर कर सकते हो और फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है प्ले साउंड अगर आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप प्ले साउंड करोगे तो आपके जो मोबाइल होगा आपका कहीं पढ़ा है अगर आप दूसरे के मोबाइल से जीमेल मेल खोल के साउंड प्ले पर क्लिक करते तो आपके मोबाइल का जो साउंड है वो ओपन हो जाएगा और बजना शुरू हो जाएगा अगर आपके घर में कोई मोबाइल खो जाता है तो आप किसी और के मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से वो जीमेल मेल डाल के और प्ले साउंड पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल का जो साउंड है ओपन हो जाएगा और आप आसानी से देख सकते उसके तो बाद दोस्तों आता है सर्च डिवाइस यहाँ पर दिया हुआ लॉक स्क्रीन मैसेज और फ़ोन नंबर यानी कि दोस्तों जैसे आप का फ़ोन कोई यूज़ करता है अगर आप उसे कॉल करना चाहें या घर में पड़ा हुआ अगर आप उसे कॉल करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने राहुल और ये फ़ोन नंबर डाल दिया दोस्तों उसके बाद मैं सर्च डिवाइस पर क्लिक कर दूंगा तो इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक कॉल आ जाएगा आपके मोबाइल पर जो शायद कॉल पिकअप भी ना हो जिसे आप काट भी सकते हैं जैसे मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है तो ये देख के लिख के दे रहा लोकेट माय फाइंड माय डिवाइस तो आप इसे जो भी कोई आपका फ़ोन उठाएगा या नहीं उठाएगा क्रॉस करिएगा दोबारा से उसे फिर रिव्यू करेंगे तो चलिए मैं ओपन करता हूँ अपना ये तो हो गया दोस्तों कॉल डिवाइस का ऑप्शन तीसरा ऑप्शन जैसे आपने देखा था सर्च डिवाइस या इरेज डिवाइस यहाँ इरेज से अपना डाटा इरेज भी कर सकते हैं किसी भी मोबाइल में आपकी आई ओपन है तो वहाँ से आप सिंपल से इरेज कर सकते हो और यहाँ पर आप अपने मोबाइल की लोकेशन भी देख सकते हैं अभी जो मेरे तीन मोबाइल में मेरी आई जो ओपन है उसका जो तीनों ही मेरे पास है और स्विच ऑफ है इसलिए इसका कनेक्टिंग डिवाइस दे रहा है अगर ये दो तीनों मोबाइलों में से कोई भी ओपन हो जाएगा तो उसकी लोकेशन में यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरा मोबाइल कहाँ पर है अगर लोकेशन होगा उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड सेटअप अपन पर क्लिक करना है तो एक मैसेज भी उसको जाएगा जिससे आप उसकी लोकेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों फाइंड माई डिवाइस एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिसे आप रेगुलर यूज़ करते रहें अगर आपका कभी भी मोबाइल मिस यूज़ हो जाता है तो आप इससे अपना डाटा क्रेज़ कर सकते हैं आपको परेशानी दिक्कत कोई नहीं आएगी और आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जब भी हमारा फ़ोन खो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार मेरा फ़ोन खो गया उसमें मेरे डाटा थे फोटोज़ वगैरह कुछ भी थे तो आप सिंपल दूसरे के मोबाइल में अपनी आईडी ओपन करेंगे और इरेज डाटा पर क्लिक करेंगे तो वो सारा ही डाटा इरेज हो जाएगा और जो आपका लॉक लगाना चाहें तो आप यहां से साइड डिवाइस करके उसका लॉक भी लगा सकते हैं तो दोस्तों ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं और आपको कभी भी अगर इसका यूज़ करना हो दूसरे के मोबाइल में अपनी आईडी ओपन करके अपनी आईडी का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं तो जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि कैसे फाइन डिस्ट फ़ोन आपने यूज़ करना है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कॉमेंट करें और आगे भी शेयर करें